हू सुहान ला शुभान ला शुभान ला गरीब नवाज मौला बेशक हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं क्या तुमसे कहूँ मैं रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बतियाँ बेशक हुजूर, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है सब भीख मिल रही है सबका काम चल रहा है सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्ला गरीब नवाज किस्मत के उम्मीद है क्रम में दर पे लाई है करम कर मेरे ख्वाजा तुझ में शान मुस्तफाई है न छोड़ूंगा न छोड़ूंगा कभी इस आस्थाने अल्लाह की आवाज आई है के इस दर से मुझे अल्लाह की आवाज आई है कसम अल्लाह की तू वो खुदा का खास दिल भर है खुदा का तू खुदा तेरा तेरी सारी खुदाई है खुदा का तू खुदा तेरा तेरी सारी खुदाई है मौलार हम फरमाइए गरीब नवाज लाज रखी ख्वाजा बेटा यार है सलाम या ख्वाजा चल है नई सुबह शाम या ख्वाजा न फिक्रम न गमे जाऊँ तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा तेरे गुनहदार है है और मुस्तकी दोनों बुरे भरोना पैदा ख्वाजा या, या मौला गरीब नवाज ये तमाम गुलामा ने गुलामा ने गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है ये आपके नाम लेवा आपके चाहने वाले हैं हजूर आपके नामे पाक से आपके गुलामों की इज्जत को खिदमत करते हैं सबकी हाजरी इनकी तमाम को पूरा में गरीबों के सहारे ख्वाजा तेरी शान के सुखे मेरे प्यारे ख्वाजा देख लो एक नजर ख्वाजा उसमा की कसम हमने बरसों तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा इस तवको पे के तकदीर यहाँ बनती है जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे ख्वाजा मौला गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दीजिए हज बेतुल्ला रोज़े रसूलुल्लाह की जैरत से मुशरबा फरमाइए करम शामिल हाल रखिए गरीब नवाज मौला ये आपके दरबार के सवाली आपकी चौखट के भिकारी आपकी बारगाह में अपनी झोलियाँ फैला के खड़े हैं हजूर इनकी झोलियाँ इनके मकसदों मुरादों से भर दीजिए करम रहम फरमाइए गरीब नवाज मौला आप अल्लाह के हबीब के हबीब हैं गरीब नवाज अल्लाह के खजाने से अता फरमाइए मौला जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाइए मौला जो कर्जदार हैं कर्जदारी से निजात अता फरमाइए मौला जो बे औलाद है उनको नयक साल औलाद अता फरमाइए जो बीमार हैं उनको सेहत कामिल अता फरमाइए जिनके घरों में बच्चे बच्चियाँ जवान है मौला उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फ़राइज से अदायगी की तोहफी कता फरमाइए बच्चे बच्चियों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाइए ईमान की सलामती अतः फरमाइए सिरात मुस्तकीम पे चलने की तोफ़ीक अतः फरमाइए मौला आपके जितने आशिकों ने आपके गुलाम के पास दूर दूर ऐसी फोन करके मैसेज करके दुआ की दरख्वास्त करी है मौला सबकी दरख्वास कबूल फरमाइए सबकी हाजरी कबूल फरमाइए सब की दुआ इल्तजा कबूल फरमाइए मौला आपके जितने आशिकों ने आपके गुलाम के पास फूल चादर के तोह लंगर न्यास के नजराने भेजे हैं, पंजेतन पाक के सदखे में सबकी मोहब्बत के नजराने कबूल फरमाइए सब को खैर बरकत से सरफराज फरमाइए सब की हाज़री को कबूल फरमाइए दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख़ाज़ा मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख़ाज़ा एक अपने गदा पर कीजिए दामने मकसूद को भर दो गरीब नवाज बगे दाबला उद्ती पाने शिक्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजा उदद कुन या मोहन दिन चिश्ती मदद कुन या मोहिन्दी चिश्ती मदद कुन या मोहन वीन चिश्ती मौला गैब से मदद फरमाइए गुलामी की लाज रखिए ख्वाजा मौला ये सब गुलाम खिदमत में हाजिर हैं इन सभी की हाजिरी को कबूल फरमाइए ख्वाजा इन सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाइए मौला गरीब नवाज इन सबकी अकीदत के नजरानबूल फरमाइएार है दारो सलाम या ख्वाजा न जलया है नही सुबह शाम या ख्वाजा न फित्र मैं नाम तेरे मस्तों को तेरी निगाह ऐसी चलता है काम या ख्वाजा तेरे गुनहगार, दोनों, बुरे भलो पे तेरा पेदेम या फाजा, या हजूर मौला वरी नवाज ये तमाम ग़ुला ने गुलामा ने गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है ये आपके नाम लेवा आपके चाहने वाले हैं है आपके नाम पाप से आपके गुलामों की इज्जत और खिदमत करते हैं हजूर इन सब की हाजिरी कबूल फरमाई ये जो भी अल्तजाएँ लेके आपके दरबार में हाजिर है बुजुर्ग के इल्तजाओं को पूरा फरमाइए, और वीडियो के जरिए जितने लोग दायर करते हैं सबकी हाजिरी को कबूल फरमाइए सबकी दुआ इल्तिजा कबूल फरमाइए कसमा पुरसी में गरीबों के सहारे खाजा, तेरी शान के सदके मेरे प्यारे खाजा, देख लो एक नज़र खाजा ख्वाजाए की कसम हमने बर्को तेरी चौखट पे गुजारे ख्वाजा इस तबक्ल यहाँ बनती है जमा हो जाते हैं तकदीर के मारे खाजा मौला गरीब नवाज इनकी तकदीरों को संवार दी बेतुल्लाह रोज रसूलुल्लाह की से फरमाई करम शामिल हाथ रखिए गरीब नवाज ये आप के दरबार के सवाली आपकी चौखट के भिकारी आपकी बारगाह में अपनी झोलियाँ फैला के खड़े हैं मौला इनकी झोलियाँ इनके मकसदों मुरादों से भर दी अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद शाह शहदा की अजुमत का तसद अपने दरवाजे से बख्श दीजिए मौला बख्श का दरबार है वरी नवाज अताए, अताए रसूल हो अ तुम्ही हो मालिक को मुख्तार या वरी नवाज अगर तुम ना करोगे तो करम कौन करेगा और झोलिया हम सबकी आपके सिवा कौन भरेगा मौला वैसे मदद फरमायी सबकी झोलियाँ मुरादों से भर दीजिए आपके जितने आशिकों ने फोन करके मैसेज करके आपके गुलाम के पास दुआ की दरख्वास्त करी है मौला सबकी दरख्वास्तूल फरमाई सबकी दुआ इल्तजा फरमायी है आपके जितने आशिकों ने आपके गुलाम के पास फूल चादर के तोहपे लंगर न्याज के नजर आने भेजे है सबके लंगर नहाज के तौर पर कबूल फरमाइए फूल चादर के तौर पर कबूल फरमाइए सबको खैर और बरकत से सरबराज फरमाइए सबके घरों में आपके दरबार की रहमतें और बरकतें अता फरमाइए सबके रोजगार में रिदफ में बरकत और तरक्की अताह फरमाइए नौकरी में बरकत और तरक्की अताह फरमाइए सबकी दिली तबन्नाओं तो को पूरा कर दीजिए मौला गरीब जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाइए जो करजदार है गरजदारी से निजात होता फरमाइए जो भी औलाद है मौला उनको नेक उस वाले औलाद फरमाइए जो बीमार है उनको सेहत के कामिल अता फरमाइए जिनके घरों में बच्चे बच्चियां जवान हैं मौला उन माँ बाप को बच्चों के फरज से अदायगी की तोहफी अता फरमाये बच्चे बच्चियों की खुशियां देखना नसीब फरमाइए मौला तमाम बच्चों को अपने वालदेन की खिदमत करने का जज्बा और हैसियत अता फरमाइए है। ईमान की सलामती हरमाइए शरात मुस्तकीम में चलने की तोफिके हाजी नमाजी बनाइए आपके दामन के सये में आपकी हिफाजत में रखिए हजूर बला बीमारियों से बचा के आपकी हिफाजत में रखिए इस बला बीमारी को आलम इंसानियत से दबा फरमाइए मदद फरमाइए गुलाम की जबान की लाज रखिए ख्वाजा आपके शहजादों के सदके में आपकी शहजादी पाक के सचके में गुलाम की दुआ कबूल दुआल फरमायी बगे धाबे दही पाने से रात कुश्तीमा ने हारोनी मदद कुन उद्दीन चिश्ती मदद कुन उद्दीन चिश्ती मदद कुन्या मोइन उद्दीन चिश्ती सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुबहान्लाह गरीब नवाज गरीब परवर सलामत शहनशाह मोन उद्दीन बादशाह मोन उद्दीन हजरत रवा मोन उद्दीन किबल दो जहाँ मोन उद्दीन का बे आरफा मोनुद्दीन हम गुनागारों की है शर्मया आपके हाथ हमारे आका हमारे मौला हजूर हम सब की बिगड़ी के बनाने वाले गरीब नवाज मौला पंज तन पाक के सदक़े में शफाहत होगी या मुही ख्वाज मुही या आपके कहलाएंगे बेशक मौला आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं मौला आप नाज उठाने वाले हैं आप लाज रखने वाले हैं मौला गरीब नवाज आपका गुलाम अजहर बेल्जियम से आपका चाहने वाला है मौला उसका नीमा गिलाफ का तोह कबूल फरमाइए हसनैन करीमैन के सदक़े में हजूर पनजेतन पाक के सदक़े में उसका तहफ़ा कबूल फरमाइए उसके रिज़ में रोजी रोज़गार में कारोबार में ख़ैर बरकत तरक्की और कामयाबी हथा फरमाइए मौला आपके चाहने वालों की खैर हो ग़ुलाम की ज़बान की लाज रखी है दुआ अल्तजा कबूल फरमाइए मौला आप सबको सलामत रखें अपने दामन के साय में अपनी हिफाजत में रखें अपनी पनह में रखें गरीब नवाज जिस वक्त हजूर नबी करीम सल्ह वसलम की बारगाह से आपको हुक्म हुआ गरीब नवाज़ को कि बेटा मोनुलद्दीन हमने तुमको हिंद का वली बनाया तुम हिंद जाओ और वहाँ जा हमारा पैगाम सुना दो तो उस वक्त जब आपने वहाँ पे रात गुज़ारी तो वहाँ से आपको अनार आता हुआ एक और उस अनार के ऊपर दुनिया का नक्शा था उसमें हिंदुस्तान में अजमेर पर निशानदेही थी कि बेटा मोनुद्दीन तुम्हें यहाँ जाना है यहाँ बैठकर के मोहब्बत का पैगाम सुनाना है गरीब नवाज़ उस मोहब्बत के पैगाम को ले इस बर में आए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आम किया जिस वक्त हुजूर सरकार गरीब नवाज़ इस बर में आए और जिस जिस रास्ते से आप गुज़रते थे वहाँ पर यानी आपको अल्लाह अल्लाह के रसूल ने वो पावर अदा फरमाया वो रूहानियत अदा फ़रमाई कि जिस रास्ते से आप गुज़रते थे उस रास्ते के कंकर कंकर कलमा पढ़ लिया करते थे आपकी शान बड़ी निराली है अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो कठिन हारे जगत के ईश्वर के सुर हो अनोखी तुमरी लीला है खुदा ही जाने क्या तुम हो कहीं धर्मात्मा तुम हो कहीं परमात्मा तुम हो सुबह अल्लाह सुबहान अल्लाह मौला गरीब नवाज मौला कायन के सदक में आप तमाम चाहने वालों को सलामत रखे की बारगाह में आप सभी के लिए दुआ कर रहा है मौला पाक के सदक़े में गरीब नवाज आप सबकी हाजरी कबूल फरमाए बारिश हो रही है माशाल्लाह बहुत बारिक बारिक और बहुत सुहाना मौसम हो रहा है सुबह गरीब नवाज़ तेरे दरबार से मौला कोई बे नहीं जाता मुरादें अपनी पाते हैं साइल मचल मचल के मुराद अपनी पाते हैं साइल मचल मचल के बेशक हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं गरीब नवाज सैद माँ शाइ माँ पीरा पिर माँ तुहि या मोइन चिश्ती दस्तगीर माँ तुही अलया मदद ए ख्वाज ए कुल ख्वाजगा माँ फ़ीरा नेम सुल्तानो अमीर मा तुहि दिल बगैर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने ओलिया यानी हुसैन इब्ने अली जाने ओलिया मौला रहम करम फरमाई गरीब नवाज गुली की लाज रखी ख्वाजा करके हम सब पे करम गरीब नवाज तुम्हारे जैसा जमाने में कोई शाह नहीं और गदा नवाज़ कोई ऐसी बारगाह नहीं बेशक हुजूर आप दिलों के हाल बेहतर जानते हैं हुजूर आप नाज उठाने वाले हैं आप लाज रखने वाले हैं गरीब नवाज़ मौला पंजेतन पाक के सदक़े में तमाम आशिकों की हाजरी को कबूल फरमाइए मौला आपके जितने आशिकों ने आपके ग़ुलाम से दुआ की दरख्वास्त करी हैजूर पंजेतन पाक के सदक़े में पारा इमाम चौदह मासुमी के सदक़े में चौदह करबला के सदक़े में सबकी दरख्वास को कबूल फरमाइए सबकी दुआजा को कबूल फरमाइए मौला गरीब नवाज आपके जितने आशिकों ने आपके गुलाम के पास फूल चादर, चादर के तोह लंगर न्यास के नजराने भेजे है मौला सब के तोफे सबके नजरानबूल फरमाइए सब को खैर बरकत से सरफराज फरमाइए आपके जदजद के सदक़े में आपके पिरो मुरशद के सदक़े में सबकी हाजिरी को कबूल फरमाइए मौला आप अल्लाह के हबीब के हबीब है गरीब नवाज़ अल्लाह के ख़जाने से अता फरमाइए मौला जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाइए मौला जो कर्जदार हैं करजदारी से निजात था फरमाइए मौला जो बे औलाद है उनको नेक साल औलादा फरमाइये जो बीमार है उनको सहत कामिलता फरमाइए मौला गरीब नवाज जितने आशिकों के घरों में बच्चे बच्चियाँ जवान है मौला उन माँ बाप को बच्चे बच्चियों के फराइज से अदायगी की तोहफीकता फरमाइए बच्चे बच्चियों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाइए ईमान की सलामती फरमाइए ख्वाजा सिरात मुस्तकीम पे चलने की तोफीकता फरमाइए ईमान की सलामती अता फरमाइएतर जानते हैं मौला आप कुल्लेमान के शहजादे हैं गरीब नवाज रहम फरमाइये शहदय कर बला के सदखे में लाज रखिये सब की दुआ अल्तजा कबूल फरमाइए उलाम को भी तमाम बला बीमारियों से बचाइये उलाम के गले में भी जो तकलीफ हो रही है जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए मौला शिफा का मिला फरमाइए मौला आपके तमाम आशिकों का सलाम दुआजा फरमाइए दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा मेरी फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा एक नजर अपने गदा पर कीजिए दामने मकसूद को भर दो गरीब नवाज बगिर दाब बला उद कश्ती ने शिगस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाज उस्मा ने हारूणी मदद कुन या मोहिन द्दीन चिश्ती मौला रहम फरमाइए तमाम आशिकों की हाजिरी सलाम कबूल फरमाइए